हेलो एवरीवन, वन पीएससी शिमला अनाउंसेस कंप्यूटर वेस्ड स्क्रीनिंग टेस्ट फ्रॉम फोर्थ जुलाई 2021 टू टेंथ जुलाई 2021 फॉर द फॉलोइंग फोर्स आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है जो कि हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने 18 जून 2021 को जारी की है हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने यह निश्चय किया है कि चार जुलाई से दस जुलाई के मध्य निम्नलिखित जो पोस्ट हैं उनके लिए कंप्यूटर बेस्ड स्क्रीनिंग जो टेस्ट है वो लिया जाएगा जो पोस्ट हैं वो में हम आपको डिटेल में थोड़ा सा बता देते हैं सबसे पहले जो ड्रग इंस्पेक्टर की पोस्ट है उसके लिए एग्ज़ाम 4 जुलाई 2021 को कंडक्ट किया जाएगा 1 बजे से 3 बजे के मध्य और उसमें रिपोर्टिंग टाइम एक घंटा पहले यानी 12 बजे जो है वो आपको इसमें रिपोर्ट करना है दूसरा जो पोस्ट है वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पोस्ट है उसके लिए भी जो स्क्रीनिंग टेस्ट है कंप्यूटर बेस्ड वो पाँच जुलाई दो को दिया जाएगा और रिपोर्टिंग टाइम एक रिपोर्टिंग टाइम जो है इसमें 12 बजे रहेगा और एग्ज़ाम का शेड्यूल इसमें भी एक से तीन बजे के मध्य ही रहेगा इसके बाद अगली जो महत्वपूर्ण तो पोस्ट लेक्चर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की दी हैं ये जो टेस्ट होना है वो 6 जुलाई 2021 को होना है एक से तीन बजे के मध्य है और रिपोर्टिंग टाइम इसमें भी एक घंटा पहले यानी बारह बजे जो वो सेंटर पे कैंडिडेट को पहुंचना होगा चौथी जो पोस्ट दी है वो लेक्चर सिविल इंजीनियरिंग ये टेस्ट 7 जुलाई 2021 को होना है ये भी एक से तीन बजे के मध्य होना है और इसमें भी रिपोर्टिंग टाइम एक घंटा पहले यानी 12 बजे जो है वो कैंडिडेट को सेंटर पे पहुंचना होगा अगली जो महत्वपूर्ण पोस्ट इसमें दी गई है वो है वर्कशॉप सुप्रिंटेंडेंट ये 8 जुलाई 2021 को होना है एक से तीन बजे के मध्य और इसमें भी रिपोर्टिंग टाइम जो है वो 12 बजे रहेगा यानी एक घंटे पहले आपको सेंटर पर पहुँचना है अगली पोस्ट जो है लेक्चर ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग है और इसमें जो टेस्ट कंडक्ट होना है ये 9 जुलाई 2021 को कंडक्ट होना है 1 से 3 बजे के मध्य और रिपोर्टिंग टाइम इसमें भी एक घंटा पहले 12 बजे जो है वो कैंडिडेट को सेंटर पे रिपोर्ट करना होगा अगली जो पोस्ट है मेडिकल फिजिक्स ये 10 जुलाई 2021 को होनी है इसमें थोड़ा सा वेरिएशन है आप ध्यान रखें नोट कर लें ये 11 से 1 बजे मॉर्निंग सेशन में जो है वो इसको ऑर्गेनाइज किया जाएगा और इसमें रिपोर्टिंग टाइम 10 बजे यानी इसमें भी एक घंटा पहले कैंडिडेट को सेंटर पे रिपोर्ट करना होगा रेडिएशन सेफ्टी ऑफिसर्स की जो पोस्ट है उसके लिए भी दस तारीख को ही स्क्रीनिंग जो टेस्ट होना है ये तीन से पाँच बजे के मध्य में होना है ध्यान दीजिए तीन से पाँच बजे के मध्य में इवनिंग शिफ्ट में होना है और रिपोर्टिंग टाइम जो है इसमें दो बजे रहेगा यानी एक घंटे पहले इसमें रिपोर्टिंग टाइम रहेगा सभी कैंडिडेट्स को जो ई एडमिट कार्ड्स हैं वो उनके लॉग इन अकाउंट में जो है वो वेबसाइट पर अपलोड कर दिए जाएंगे और वेबसाइट से जो कैंडिडेट हैं वो अपने एडमिट कार्ड्स को जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं और उस एडमिट कार्ड में जो महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं वो दी होगी कि आपने अपने साथ क्या सामग्री ले जानी है रिपोर्टिंग करते समय आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ेगी और कैंडिडेट्स को एसएमएस और ईमेल के माध्यम से भी जो कंडिडेट्स ने मोबाइल नंबर ऑनलाइन रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन में भरा था उस पर जो है वो फॉरवर्ड कर दिए जाएंगे साथ में अगर कैंडिडेट्स को किसी प्रकार की कोई इंक्वायरी करनी है तो 10 से एक बजे के मध्य जो है वो टेलीफोन नंबर जो दिए गए हैं और जो टोल फ्री नंबर दिया गया है उस पर जो संपर्क कर सकते हैं तो फॉर लेटेस्ट अपडेशन फॉलो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जीके स्टडी टिक्स थैंक यू